जय महाराज जी महाराज जी से जुड़े प्रसंगों की श्रृंखला में आपका स्वागत है आज मैं आपसे महाराज जी से संबंधित किसी और से जुड़ा प्रसंग नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ा प्रसंग साझा करूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं आप लोगों के सम्मुख महाराज जी से जुड़े हुए प्रसंगों को लेकर आ रहा हूं? यदि आपने मेरे प्रसंगों की श्रृंखला का पहला वीडियो देखा हो तो उसका टाइटल शुभारंभ है और उसका वीडियो थमनेल भी दर्शा रहा है कि महाराज जी मुझे आदेशित कर रहे हैं कि अब तुझे ये करना होगा आखिर महाराज जी ने मुझे ऐसा आदेश क्यों और कब दिया महाराज जी से हमारा स्नेह कितना और कैसा है उनसे हमारा रिश्ता कब से था इस बात से हम दोनों ही अनभिज्ञ थे घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कुछ माह पहले अचानक मुझे और मेरी श्रेणी को नींद में घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और हम दोनों ने ये बात एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की एक दिन जब मैंने उसे ये बताया कि अक्सर सुबह तीन से पाँच बजे के बीच मुझे ऐसा आभास होता है कि कोई घंटी बजा रहा है तो वो तपाक से बोल पड़ी डोरबेल और फिर उसने मुझे बताया कि उसे भी कुछ समय से कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है और एक दिन तो वो दरवाज़ा खोलने भी गई उसने दरवाजा खोलकर देखा परंतु वहां तो कोई था नहीं उसने ये बात तब तो मुझे बताई नहीं परंतु आज मेरे बताने पर उसने भी अपनी इस बात का जिक्र मेरे साथ कर लिया अब हम दोनों ही सोचने और विचार विमर्श करने लगे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है उस वक्त हम अधिक तो कुछ समझ नहीं पाए परंतु मेरी श्रेणी ने एक राय अवश्य दी कि आगे से आपको जब भी ऐसा आभास हो तो जाकर दरवाजा अवश्य खोलिएगा शायद ब्रह्मांड और उसकी शक्तियाँ हमको किसी प्रकार का संदेश देना चाह रही हों। तब तक मैं और मेरी श्रेणी दोनों ही बाहरी तौर पर सांसारिक क्रियाओं में व्यस्त थे परंतु सच्चाई कुछ और ही थी दोनों के भीतर कुछ और ही चल रहा था क्या ये हमारा आध्यात्मिक पहलू था जो भौतिक संसार की चकाचौंध में कहीं गुम हो गया था या ये कुछ और था इसे जानने के लिए हमें अपने अतीत में झांकना पड़ा अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ये आंखें हम दोनों को ही वो घंटी की आवाज़ क्यों सुनाई पड़ रही थी और यदि आपको भी इसी प्रकार के सपने आते हैं या कोई आभास आपको बार बार बार बार हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है यदि आपके साथ भी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ हो या हो रहा हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं तो इसका अगला भाग लेकर हम आपके बीच जल्दी ही उपस्थित होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि महाराज जी का कोई भी चमत्कारिक प्रसंग आप तक पहुँचने से मिस ना हो जाए तो आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ जय महाराज जी